जयाना पाती है की दरबाज में दरबार में जाता हे हाँ पीछे का नहीं हाँ पिछाड़ी का लग रहा दिन ने केन तो कृपया देखते हैं और दुनिया वाले वाला इसका ये मेरा वाला है और थोड़ा भाई भाई